को लिखेगा कहानी वो फ्री फायर के इतिहास में शॉट शॉर्ट बे शॉर्ट है इस त्योहार में बंदा होगा हार्ड ये सबसे हार्ड होगा उसका बिना किसी गन के सबकी फारता चला जाएगा बच के राना बेटा आ रहा है ब्लू जोन रॉक भी उतरा गेम में बच